अगर कोई हमसे कुछ छुपाता है तो हमें ना उसे बार बार चेक नहीं करना चाहिए क्योंकि इन सब से तुम्हें दर्द के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा हमारी फोन बस वो ऑनलाइन है ये बताता है पर उस ऑनलाइन के उस पार चल कर रहा है वो कर करके रही है ये दिखा नहीं पाता है और उसे ना तुम्हें पूछना भी नहीं है कि वो करके कर रही थी क्योंकि शायद, शायद वो तुम्हें सच्चाई नहीं बताएगा अगर तुम्हें सच्चाई बताना होता तो ऐसा सब तुमसे छुपाकर थोड़ी ना करता इसलिए मत पूछो उससे बहा नहीं बनाएगा अब तुम सोच रही हो कि करूं तो क्या करूं अगर मेरी मानो तो खामोश रहो क्योंकि कभी कभी ना खामोश रहना ही अच्छा होता है जब सामने वाला अपना हद भूल जाता है और सच सही है क्योंकि हम यहां किसी को कुछ हद तक ही रोक सकते हैं इससे ज्यादा और हम कुछ नहीं कर सकते हैं और ऐसा भी तो नहीं है ना कि किसी को पाने के लिए हम खुद को ही खो दे क्योंकि प्यार करना जरूरी है पर याद रखना हमें अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी जरूरी होता है और बोना हमें ऐसे फालतू इंसानों के लिए खोना नहीं चाहिए हमें अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए समझे ना